प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ के तीन आईएएस सहित 16 कारोबारियों के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी जांच की रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी से आईएएस समीर बिश्नोई और उनकी पत्नी को ईडी की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई एक अन्य आईएएस जयप्रकाश मौर्य को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है वही रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के घर को ईडी की टीम ने सील कर दिया है रानू अपने घर में नहीं थी बताया जा रहा है कि उनके वापस आने के बाद एक बार फिर ईडी की टीम जांच करेगी ईडी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो अब तक सभी ठिकानों से जांच के दौरान 10 करोड़ से ज्यादा नकदी और ज्वेलरी मिली है महासमुंद में एक कारोबारी की गाड़ी से करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं छत्तीसगढ़ में आई एस अफसरों के यहाँ ईडी के छापों से हड़कम मचा हुआ है आला अधिकारियों ने बताया कि पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर कारोबारी सूर्य कांत तिवारी बादल मक्कड़ सनी लूनिया अजय नायडू के आवास पर जांच पूरी हो गई है बताया जा रहा है की कुछ कारोबारियों को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का ईडी ने नोटिस दिया है कोयला कारोबार से जुड़े सुनील अग्रवाल शराब कारोबारी प्रिंस भाटिया के ठिकानों पर देर रात तक जांच चलती रही यहां से ईडी की टीम को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज मिले हैं कारोबारियों ने शेल कंपनी में निवेश दिखाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी से आई समीर बिश्नोई और उनकी पत्नी को ईडी की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई एक अन्य आई एस जयप्रकाश मौर्य को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है वहीं रायगढ़ कलेक्टर रानी साहू के घर को ईडी की टीम ने सील कर दिया है रानू अपने घर में नहीं थी बताया जा रहा है कि उनके वापस आने के बाद एक बार फिर ईडी की टीम जाँच करेगी प्रदेश में ईडी छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा कर है मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ईडी को बताना चाहिए कि किस अधिकारी और कारोबारी के पास से क्या क्या मिला है एक एक अधिकारी के यहां से क्या क्या पकड़ा गया है यह बताएं बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है अगर पकड़ा गया है तो एजेंसी का बयान सामने आना चाहिए